दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था भानुमती के कारण ही यह मुहावरा बना है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था स्वयंवर में शिशुपाल जरासंध, रुक्मी वक्र और दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे मान्यता है कि जब भानुमती हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंधरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे लेकिन ऐसा हुआ नहीं दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई भानुमति तब दुर्योधन ने उसके साथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामा भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बा अंबिका और अम्बालिका का हरण करके ले आए थे इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया दोनों के दो संतान हुई एक पुत्र लक्ष्मण था जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मारा दिया था और पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम से हुआ था कहते हैं कि भानुमती का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे इस खेल में कर्ण जीत रहा था तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की कर्ण ने पकड़कर बिठाना चाहा भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे भानुमती हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है इसलिए उसने उसका आंचल झपता अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी शक्तिशाली थी गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल-खेल में ही कुश्ती करती थी जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था महाभारत के विकराल युद्ध में भानुमति का पुत्र लक्ष्मण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था अंत में भानुमति का पति दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया था जब युद्ध समाप्त हो गया और जनजीवन सामान्य रुख अपनाने लगा तब भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि वह ऐतिहासिक हो गया दरअसल युद्ध समाप्ति के कुछ समय पश्चात भानुमती ने अर्जुन से पुनर्विवाह करने की इच्छा जाहिर की उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच का बेर समाप्त समझा जाता था भानुमति ने यह फ़ैसला इसलिए सुनाया क्योंकि वह सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों का वह बेर समाप्त करना चाहती थी जो भयंकर नरसंहार लेकर आया था वह पूरे परिवार को एक बार फिर एक साथ लाना चाहती थी